बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो 40 पार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक उन्हें अपना दुल्हा नहीं मिला इन्हीं में से एक है नगमा नगमा का अफेयर कई नामी स्टार्स के साथ रहा लेकिन इनकी लव स्टोरी शादी तक आते आते खत्म हो गई नगमा को चार बार प्यार हुआ वो भी शादीशुदा व्यक्ति के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली नगमा के प्यार में क्लीन बॉल हो गए थे साल 2001 में दोनों की प्रेम प्रेमपहानी शुरू हुई दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस थे इस कपल ने अपने रिलेशन को भी सीक्रेट रखा लेकिन कहते हैं ना ये बातें ज्यादा देर छिपी नहीं रहती मीडिया में इनके अफ़ेयर की खबरें सुनने को मिलने लगी खबरों तो यह भी सुनने को मिलने लगी थी कि सौरभ और नगमा ने एक मंदिर में शादी कर ली लेकिन इस कपल ने इस सब बातों को झूठ कहा था वही दूसरी ओर सौरभ उस वक्त शादीशुदा थे और क्रिकेट टीम के कप्तान भी दोनों का अफेयर इतना ज्यादा फेमस था कि जब भी भारत मैच हारता था तो लोग इसका जिम्मेदार नगमा और सौरव के रिश्ते को ठहराते थे फिर किसी वजह से नगमा और सौरभ का ब्रेकअप हो गया सौरव से अलग होने के बाद नगमा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया सौरव के बाद नगमा का दिल आया एक्टर शरत कुमार पर जब दोनों की पहली मुलाकात हुई उस वक्त शरद शादीशुदा थे जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी भी जल्द ही खत्म हो गई दरअसल जब दोनों के अफेयर की खबर शरद की पत्नी को लगी तो उन्होंने शरद को छोड़ दिया और तलाक लेने का फ़ैसला लिया इसके बाद नगमा खुद शरद से अलग हो गई बाद में शरत नगमा को मारने की धमकी देने लगे इन सबसे तंग आकर नगमा ने साउथ इंडस्ट्री से किनारा कर लिया इसके बाद नगमा ने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इसी दौरान वह सुपरस्टार व राजनेता रवि किशन के करीब आ गई रवि किशन भी उस वक्त शादीशुदा थे लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी पत्नी को उनके और नगमा के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं थी नगमा ने रवि किशन के साथ अपना रिश्ता स्वीकार नहीं किया लेकिन एक्टर कई बार इस बात को स्वीकार कर चुके थे एक इंटरव्यू में रवि ने कहा था नगमा अक्सर उनके घर आती थी और उनकी पत्नी के साथ खाना बनाती थी वहीं रवि बिग बॉस के घर में पहुंचे थे तो दोनों का ब्रेकअप हो गया लंबे समय तक रवि किशन को डेट करने के बाद नगमा मनोज तिवारी के साथ रिलेशनशिप में आई हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को कभी कबूला नहीं इसके अलावा भी नगमा का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा अब फिल्मों से दूर नगमा अपने राजनीतिक करियर पर फोकस कर रही है